हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे तो ये हमारा सिक्स पार्ट है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी बेसिक कोर्स का और एक मेरा कोर्स इस चैनल पे चल रहा है जो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग को लेकर है आप वो भी फॉलो कर सकते हो तो इस पार्ट में मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जो आपको पूरे क्रिप्टो करेंसी में आपकी जो जर्नी है उसमें हेल्प करेगा अलग अलग टाइप के टूल्स है जो बहुत सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इनका एक्चुअली बहुत यूज़ हुआ है अगर ये सारे टूल्स आप साथ में लेकर चलोगे तो आपको क्रिप्टो समझना और क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग करना या जो कुछ भी आपको करना है आगे ये पूरा आपके लिए इजी हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट ट्रैक और ओवरव्यू रखने के लिए कुछ टूल्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मार्केट का ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में कौन से कौन का क्या रेट चल रहा है कौन से कौन का क्या रैंकिंग है मार्केट कैप कितना है ट्रेडिंग कितना हुआ है वॉल्यूम कितना हुआ है और वो डिटेल सारी चीज़ें मार्केट के बारे में वो कंपनी के बारे में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर हैंडल सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी तो ये सबसे पहला टूल है कॉइन मार्केट कैप तो ये है कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट ओके ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट में आपको बहुत बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ठीक है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कौन से कॉइन का कौन सा रैंक है कौन सा क्रिप्टो कौन से रैंकिंग पे चल रहा है मैं बता दो इसमें जो रैंकिंग चलता है वो मार्केट कैप पर चलता है कौन से कॉइन का कौन सा मार्केट कैप है कितना मार्केट कैप है उसके ऊपर ये रैंकिंग बेस्ट है तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे पूरा नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्रिप्टो की आपको इनफॉर्मेशन मिलेगी आप इसको पूरा स्क्रॉल करते जाओगे तो सारे क्रिप्टोज़ आपको दिखते ही जाएंगे, दिखते ही जाएंगे और हर एक की डिटेल इंफॉमेशन आपको मिलेगी यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज़ है प्राइस क्या चल रहा है ट्वेंटी आवर्स सेवन डेज पर कितने परसेंट बढ़ा कितना गिरा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी कैटेगरी वाइज़ अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता चला गया डेफी पे अगर आप क्लिक करोगे तो डेफी पे कौन से कॉइन डेफी में है ये आपको दिखाएगा ये डेफी कॉइन्स है इनके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉमेशन आपको मिलेगी समझो आपको एन कैटेगरी में देखना है तो आप एन पे जाओ यहाँ पे सारे आपको एन ए कॉइंस देखने के लिए मिलेंगे उनका रैंकिंग क्या है कितना मार्केट कैप है सारी चीज़ें आपको मिलेगी ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ओवरव्यू है ये आपको रोज़ देखना चाहिए मार्केट का जिसमें आपको डिसीजनस लेने में हेल्प होगी और ये वेबसाइट पर आप कोई भी करेंसी पर जाओगे क्रिप्टो करेंसी पर जाओगे तो उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जगह पे मिल जाती है एग्जाम्पल के लिए समझो मुझे कार्डनों के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैं कार्डनों के पेज पे जाता हूँ पेज कार्डनों के पेज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे ऑफिशियल जो उनके हैंडल्स है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी इंफॉमेसन मिलेगी यहाँ पे। समझो मुझे एक्सप्लोर देखना है जो ब्लॉक चेन है ये कॉइन का वो देखना है यहाँ पे मिल जाएगा उनके जो भी है वाइट पेपर सोर्स कोड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी और टैक्स भी है ये माइनेबल है या नहीं ये सारी इफार्मेशन इधर मिल जाती है नीचे जाने के बाद आपको प्राइस चार्ट ये कब लॉन्च हुआ फर्स्ट डेट से लेकर आज तक के रेट का आप सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप यूएसडीसी ले यूएसडीटी ले सकते हो या बीटीसी ले सकते हो ये बीटीसी रेट भी आपको दिखाएगा ओके okay? तो ये सारी डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है सब कुछ सब इन्फॉर्मेशन आपको आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स ये बहुत हेल्प करती है कोई भी कॉइन का मुझे ऑफिशियल वेबसाइट देखना है तो मैं यहाँ से उसको ब्राउज़ कर सकता हूँ और मुझे सर्च करना है तो यहाँ पे भी मैं सर्च कर सकता हूँ ठीक है ये सारी चीज़ें इस टूल में अवेलेबल है ठीक है तो ये था कोइन मार्केट कैप उसके बाद है काइन गेको नाम का सेम वेबसाइट है उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी चलिए मैं दिखा देता हूँ ये भी आपको तो ये है कॉइन गेको ये वेबसाइट है इसमें भी सारी चीज़ें सेम है बस एक ऑप्शन है अल्टरनेटिव है समझो कोई आपको देखना हो दूसरा वेबसाइट भी तो इसमें भी उन्होंने कैटेगरी करके रखा है डेफी एन जो भी है साइन अप करने के बाद आप इसमें पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हो ट्रैक कर सकते हो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी यहाँ पे भी ठीक है तो ये दो वेबसाइट्स है इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो अगर आपको मार्केट का ट्रैक रखना है तो ये दो वेबसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ठीक है आगे देखते हैं समझो आपको क्रिप्टो के इवेंट्स देखने हो इसका हार्ड फोर्क कब है इसका फोर्क कब है सॉफ्ट सॉफ्ट फोर्क कब है इसका लिस्टिंग कब है तो उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स है इसमें से ये तीनों में यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके कॉइन मार्केट कैल करके एक है कॉइन डार एक है और कॉइन लूप डॉट आईओ करके वेबसाइट है ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो आप टेंशन मत लो चलिए मैं दिखा देता हूँ इनको भी आपको लाइव तो ये है कॉइन मार्केट कैल वेबसाइट इस वेबसाइट पर आपको सारी कैलेंडर जो जिसको हम क्रिप्टो कैलेंडर बोल सकते हैं डेट वाइज आपको सारे इवेंट्स मिल जाते हैं हर किसी कॉइन के जिसका लेटेस्ट इवेंट आ रहा है उसके तो ये देखिए यहाँ पे आपको मेन नेट लॉन्च कब है किसी का वो रहेगा तो इधर दिखेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो आप फोर्क है किसी का हार्ड फोर्क है किसी का सॉफ्ट फोर्क है जो भी है एयर ड्रॉप है ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है और तो ये काइनडार करके और एक वेबसाइट है जिसमें भी आप देख सकते हो कि डेट वाइज ये पूरा आपको कैलेंडर दिखाएँगे कौन से कोइन का कुछ इवेंट आने वाला है या उसका आपको दिखता जाएगा यहाँ पर लेटेस्ट जो भी है और एक ये वेबसाइट है कोइन लुप तो इसमें अच्छा है कि एक्चुअली आप फ़िल्टर ईजिली लगा सकते हो इसमें अगर समझो यहाँ पे फ़िल्टर मुझे करना है कि किसी का एयर ड्रॉप देखना है जो लेटेस्ट एयर ड्रॉप आने वाला है तो मैं यहाँ पे एयर ड्रॉप सिलेक्ट कर सकता हूँ तो उसके बाद ये मुझे डिटेल में बता देगा कि कौन से एयर ड्रॉप आने वाले हैं आगे तो उसको इनको मैं ट्रैक कर सकता हूँ समझो किसी का फोर्क आने वाला है किसी का कॉन्फ्रेंस है एक्सचेंज है कोई लिस्टिंग होने वाला है या फिर और कुछ है कॉम्पिटिशन है सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है आपको जस्ट फ़िल्टर लगाना है उसके वाइज़ आप डिसीजंस लेने में या फिर किसी कोई कैलेंडर समझने में क्रिप्टो करेंसी का कोई इवेंट आ रहा है कि किसी कॉइन को लेकर तो आपको यहाँ पे इजीली दिख जाता है वो ठीक है तो ये हो गया इवेंट्स और कैलेंडर्स डेट वाइज अगर आपको देखना है तो ये तीनों वेबसाइट्स आप रेफर कर सकते हो उसके बाद समझो आपको कोई क्रिप्टो करेंसी का न्यूज़ देखना है तो ये फेवरेट वेबसाइट है मेरे तो यहाँ पर आप कॉइन डेस्क करके वेबसाइट है जहाँ पे आप न्यूज़ का ट्रैक रख सकते हो इनके एप्स भी है तो आप मोबाइल में अगर इनके ऐप्स रखोगे इनके फेसबुक पेज भी आप फॉलो करोगे ना तो आपको लेटेस्ट इवेंट्स या उनके जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है क्रिप्टो को लेकर वो आपको सारा सारे का ट्रैक रहेगा ठीक है थीके? तो कोइनडेस्क एक वेबसाइट है काइन टेलीग्राफ है और ये एग्रीगेटर है यहाँ पर सारी सारी न्यूज़ आपको एक साथ मिल जाती है चलो मैं दिखा देता हूँ आपको ठीक है तो यह है कॉइनडेस्क वेबसाइट यहाँ पर सारी न्यूज़ ये न्यूज़ हाउस एक्चुअली बहुत पुराना है और बड़ा है तो कोइनडेस्क और दूसरा जो है कॉइन टेलीग्राफ इस पर आप न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ आपको जल्दी मिल जाती है और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है इनकी तो ये अच्छा एक जरिया है न्यूज़ के लिए ये इसको आप दिन में से एक बार तो भी देख लीजिए कॉइन डेस्क ऐप ऐप देखो या फिर वेबसाइट देखो ताकि आपको क्रिप्टो का ट्रैक रहेगा और यह है कॉइन टेलीग्राफ वेबसाइट इसके ऊपर भी आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है फास्ट इनका फेसबुक पेज भी फॉलो करोगे तो आपको अपडेट्स देते रहेंगे ये एक अच्छी वेबसाइट है पुरानी भी है और क्रिप्टो uh, वायरल जो है ये एग्रीगेटर है यहाँ पे आपको सारी न्यूज़ कंबाइन मिल जाती है अलग अलग चैनल्स के अलग अलग वेबसाइट्स की न्यूज़ एक साथ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है यहाँ पे तो आपको इजी हो जाता है वो न्यूज़ ट्रैक करने में या फिर एक ही वेबसाइट देखने से अच्छा एक ही वेबसाइट पर अलग अलग न्यूज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉइंटे टेलीग्राफ की भी न्यूज़ दिखेगी आपको यहाँ पर एम क्रिप्टो कोई वेबसाइट है उसको भी दिखेगी न्यूज़ बी करके वेबसाइट है उसकी भी न्यूज़ दिखेगी तो सारी न्यूज़ आपको एक जगह पर मिल जाती है तो ये मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ क्रिप्टो वायरल करके ये पूरा एग्रीगेटर है तो इसको आप रेगुलरली अगर न्यूज़ अपडेटेड रहोगे तो आप इजीली डिसीजनस ले सकते हो क्रिप्टो में उसके बाद आता है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स देखो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स क्यों लगता है क्योंकि कोई कोई कॉइन्स का आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो कोई डेटा देखना हो किसी कॉइन का आपको ट्रांजेक्शन डेटा तो इसके लिए एक्सप्लोरर लगता है क्रिप्टो में जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक एक्सप्लोरर्स ओके चलो मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको ठीक है तो ये है ब्ला चेन ये स्पेसिफिकली बिटकॉइन के लिए है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा इसका जो जानजेक्शन डिटेल्स है किसी भी ब्लॉक का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो क्रिप्टो में बिटकॉइन को लेकर तो आपको ये ब्लॉक चेन डॉट इनफो बचेन मिल जाएगा समझो आप ये अगर, ये अगर ट्रांजेक्शन समझो आपने किया है तो इसमें ट्रांजेक्शन में आपको उसका हैश मिल जाएगा फ़ी कितनी लगी वो दिख जाएगा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के डिटेल्स भी दिख जाएंगे और बैलेंस कितना है किसी के वॉलेट का वो भी यहाँ पे पता चल जाता है अगर आपके पास उसका वॉलेट एड्रेस है ओके okay? तो कोई भी एड्रेस अगर आप कॉपी करोगे ना और यहाँ पे सर्च करोगे उनके होम पेज पर तो ये मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे वॉलेट एड्रेस भी अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिटेल मिल जाता है उसमें कितना बी सेंड हुआ है अब तक रिसीव कितना हुआ है और सब ट्रांजेक्शन की डिटेल भी पता चल जाता है यहाँ पर ओके okay? तो ये हो गया ऐसा हर कॉइन के लिए एक्सप्लोरर है ओके ये हो गया ये है इथर स्कैन तो इथर स्कैन में क्या होता है इथेरियम रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसका आप ट्रैक रख सकते हो समझो ये कोई ट्रांजैक्शन है या फिर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ मेरा कोई ट्रांजैक्शन है तो एग्ज़ाम्पल के लिए समझो ये आपका वॉलेट एड्रेस है एग्ज़ाम्पल के लिए तो इसका आप कहीं से भी वॉलेट एड्रेस अगर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हो तो आपको वो ट्रांजेक्शन या वो वॉलेट के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है सारे मिल जाते हैं आपको इस वेबसाइट पे, ठीक है देखिए अगर आपको और किसी कॉइन का एक्सप्लोरर देखना है तो आप क्या करो गूगल पे जाओ सिर्फ गूगल पे जाने के बाद आपको बस यहाँ पे लिखना है समझो लाइट कॉइन एक्सप्लोरर। तो अगर मैं लाइट कॉइन एक्सप्लोरर लिखता हूँ यहाँ पे, जो भी है ये सारी वेबसाइट्स एक्सप्लोरर वेबसाइट है तो किसी भी वेबसाइट पे अगर मैं जाऊंगा तो लाइटकॉन रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है मेरा बस मुझे मेरा एड्रेस चाहिए या फिर वो ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए वो मैं यहाँ पे पेस्ट करके डिटेल देख सकता हूँ वो ट्रांजैक्शन की तो क्रिप्टो में ये एक्चुअली एक्सप्लोर अलग है तरीका है लेकिन ट्रांजेक्शन इसमें ट्रांसपरेंसी रहता है ब्लॉक चेन तो ये ट्रांजेक्शन सारे एक्सप्लोर पर ही दिखते हैं जो आपको सर्च करने पड़ते हैं तो ये हो गया ब्लॉक चेन जहाँ पे सारे ब्लॉकचेन रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है किसी कॉइन को लेकर वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा ठीक है ये कुछ यूजफुल ऐप्स हैं तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला जैसे हमने कॉइन मार्केट कैप देखा था पहले वैसे ही टैप ट्रेडर करके एक मोबाइल ऐप है ओके तो मोबाइल ऐप आपको कैसे हैंडे हो जाएगा ईजी हो जाएगा कैरी करने के लिए कहीं भी या फिर बैठे बैठे आपको डिटेल्स देखना किसी कॉइन का चार्ट देखना है प्राइस देखना है आपको उस पूरा ट्रैक करना है किसी कॉइन को अलर्ट्स लगाना है तो वो आप ट्रैप टैप ट्रेडर पे देख सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ चलिए तो देखिए ये है टैप ट्रेडर ऐप इसके ऊपर ये मैंने ऑलरेडी एड्स किए ऐड किए यहाँ पे तो आप भी अपने के हिसाब से कोई भी कॉइन है यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो आपको जो भी कॉइन को ट्रैक पे रखना है जिस, जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए चार्ट देखना है वो आप यहाँ पर ऐड करो उसके बाद अगर आपको और डिटेल चाहिए तो एक्सचेंजेस के हिसाब से भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अलग अलग एक्सचेंजेस के कॉन्स भी है यहाँ पर तो इसमें आप चार्ट देख सकते हो पूरा नीचे आप इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ टूल्स भी है इसमें कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कुछ करना है तो ये भी आप इस ऐप के ऊपर इजीली कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोई भी कॉइन का रेट में रोज़ ट्रैक कर सकता हूँ बैठे, बैठे बैठे बिना किसी बी के या फिर लैपटॉप के और एक इसमें अच्छी चीज़ है समझो मुझे किसी कॉइन पर एलर्ट लगाना है किसी रेट के ऊपर तो मैं क्या करता हूँ इस कॉइन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे अलर्ट लगाना है समझो 55,400 रेट के ऊपर मुझे अलर्ट लगाना है तो बस मैं अलर्ट क्लिक कर देता हूँ सेव हो जाता है तो जब भी प्राइस यहाँ पे ये अलर्ट लग चुका है हमारा जब भी प्राइस ये प्राइस ये पॉइंट पे आएगा ये प्राइस पे जो करंट प्राइस है तो आपके मोबाइल का अलर्ट बजेगा तो वो आपको इजी हो जाता है अगर समझ लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अगर किसी कॉइन का अलर्ट लगाना है तो आप इस मोबाइल ऐप के ऊपर आप यहाँ अलर्ट ईजीली लगा सकते हो ओके तो ये है टैप ट्रेडर ये भी काफ़ी यूज़फुल है ठीक है उसके बाद है ब्लॉक फोलियो ऐप देखो अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो क्रिप्टो में तो आपको पोर्टफोलियो ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है हर कॉइन के चार्ट के ऊपर रेट देखने से अच्छा है उसको ब्लॉक फोलियो ऐप के ऊपर अगर आप पूरा आपका पोर्टफोलियो इंसर्ट करोगे समझो आपके पास पोर्टफोलियो है आपके पास होल्डिंग्स है कुछ बी है कुछ इथर है कुछ अलग अलग कॉइन्स है तो अगर आप ब्लॉक ऐप के ऊपर वो रखते हो इन्फॉर्मेशन फीड करके तो आपको डेली आपका पोर्टफोलियो कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखती रहेगी ये थे टैप ट्रेडर और ब्लॉकफोलियो ऐप ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई क्रिप्टो को रिलेटेड ऐप भी चाहिए न्यूज़ के लिए तो प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स भी हैं न्यूज़ को लेकर आप कोई भी ऐप उसमें यूज कर लो सारे न्यूज़ आपको एक जगह पे मिल जाएंगे वो ऐप में फिर आता है एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखो मैंने ऑलरेडी एक्सचेंजेस रिलेटेड एक वीडियो बनाया है पूरा जिसमें मैंने सारे एक्सचेंजेस डिटेल में डिस्कस किए वो भी आप देख सकते हो और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी मैंने उसमें डिस्कस किए हैं और दूसरा भी एक आ, अगर आप ट्रेडिंग कोर्स करते हो उसमें भी वीडियोस है कुछ एक्सचेंजेस को लेकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर तो सारे कोर्सेस आप फॉलो कीजिए यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे कोर्स वाइज और आपको कुछ टूल्स चाहिए या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मैंशन में कर सकते हो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है मैंने उसमें भी आपको ऐड कर दूँगा अगर चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप डायरेक्टली ग्रुप के ग्रुप से जुड़ सकते हो तो आपको कुछ क्वेरी है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो आपको वहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा तो ये था क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड टूल्स जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे और हमेशा आप ऐसे ऐसे टूल्स एक्सप्लोर करते रहो क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज होती जाएगी क्रिप्टो में और नई नई चीज़ें आती रहती है इतना ओवरलोड हो जाएगा बाद में कि आपको क्या देखना है कैसे देखना है कहाँ पर देखना है ये कन्फ्यूजन हो जाता है तो ये जो टूल्स मैंने आपको दिखाया ये बहुत पुराने और ऑथेंटिक टूल्स है यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाती है हम खुद ही ये टूल्स यूज़ करते हैं हमेशा बाकी आप कोर्स को फॉलो कीजिए और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय